क्षेत्र कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि और शुक्रवार दिन रहेगा ब्रह्मा वैवर्ष पुराण में स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि द्वादशी तिथि के दिन मसूर का सेवन नहीं करना चाहिए तो आप लोगों से निवेदन है कि आज के दिन मसूर का सेवन मत करिएगा दर्शकों 20 मार्च का दैनिक राशिफल फल से इससे ले लेकर के मीन राशि के दर्शकों के जीवन में क्या शुभता लेकर के आया है इस विषय पर प्रकाश डालेंगे शुक्रवार दिन रहेगा सूर्योदय होगा प्रातः छह पर और सूर्यास्त होगा शाम को छह पर साथ ही साथ दर्शकों श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र रहेंगे वहीं करड़ की बात करें तो कौल और तैतिल करड़ रहेगा शिव और सिद्ध योग के साथ आज चंद्रदेव का चलायमान मकर राशि में रहेगा सूर्यदेव मीन राशि में संचरण कर रहे हैं दर्शकों आज का जो राहु काल है राहु काल एक ऐसा काल एक ऐसा समय एक ऐसा पीरियड एक ऐसी बेला कि आप लोगों को शुभ कार्यों को बिल्कुल भी नहीं करना है तो राहु काल का समय रहेगा प्रातः दस बजकर तैंतालीस मिनट से बारह बजकर तेरह मिनट के बीच साथ ही साथ आज का जो अभिजीत मुहूर्त रहेगा ये बारह बजकर सत्रह मिनट से लेकर के एक बजकर अट्ठारह मिनट तक रहेगा आप लोग इस दौरान शुभ कार्यों को कर सकते हैं साथ ही साथ दर्शकों शुक्रवार दिन रहेगा और आज का जो दिशाशूल रहेगा ये पश्चिम दिशा की ओर दिशाशूल रहेगा दर्शकों पश्चिम दिशा की ओर आज फिलहाल तो यात्रा करने से बचिएगा लेकिन यदि किसी कारणवश यात्राएं करनी पड़ जाए तो प्रयास आप लोग ये करिएगा कि आज के दिन आप लोग दही का सेवन कर लें मिश्री का सेवन कर लें सौफ का सेवन कर लें और दही का तिलक मस्तक पर लगा करके पहले पूर्व दिशा की ओर चार पक चलिएगा तदउपरांत आपको पश्चिम दिशा की ओर चार पक चलना रहेगा तो कुल मिला करके दर्शकों ये तो था हमारा पंचांग अब बढ़ते हम अपने राशिफल पर और राशिफल में जो हमारी पहली राशि आती है ये आती है ईरीश अर्थात मेष राशि तो मेष राशि के जातको आज का दिन आपका काफी खूबसूरत रहेगा काफी अच्छी यादों में आज आप खोए रहेंगे आज आपका आर्थिक पक्ष काफी मजबूत रहेगा साथ ही साथ पारिवारिक काम को पूरा करने में आज आप सफल रहेंगे किसी जरूरी काम में आज आपको दोस्तों का सहयोग इष्ट मित्रों का सहयोग आपको प्राप्त होगा साथ ही साथ आज आपके आस के लोग आपसे सहानुभूति बनाए रखेंगे जो लोग कला के क्षेत्र से हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं केमिस्ट से रिलेटेड काम करते हैं इनके लिए आज का दिन काफी खास रहने वाला है कुछ लोग आज आपसे अपनी बात मनवाने के लिए आपके ऊपर दबाव डालेंगे दांपत्य संबंधों में आज आपकी मधुरता बनी आप रहेगी अविवाहित लोगों को आज विवाह के प्रस्ताव आएंगे उपाय के तौर पर आज करना क्या रहेगा तो आज आप लोग सी सूक्त का पाठ करिएगा शुभ कलर रहेगा व्हाइट शुभ अंक रहेगा एक और भाग्य का प्रतिशत रहेगा छिहत्तर बलते हम अपनी अगली राशि की ओर हमारी अगली राशि आती है वृषभ राशि देखिए वृषभ राशि के जातकों आज आपका दिन काफी अनुकूल रहेगा किसी जरूरी काम में आज परिवार का आपको पूरा सहयोग और पूरा साथ मिलेगा साथ ही साथ आज आपको कोई गुड न्यूज प्राप्त हो सकती है आज आप रोजगार के मामले में किसी से सलाह लेंगे जो आपके लिए फायदेमंद रहेगी बिजनेस को भी आज काम के क्षेत्र में बेहतर अपॉर्चुनिटी प्राप्त होगी आज आप कुछ ऐसे लोगों के साथ जुड़ेंगे जो आपकी हर तरीके से मदद के लिए तैयार रहेंगे साथ ही साथ मन में नए विचार आने से मन आज आपका बड़ा प्रसन्न रहेगा शाम तक की आपको नौकरी में आपके व्यापार में धन वृद्धि के योग होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज आप लोग जो है कनक धरा स्त्रोत का पाठ करिएगा आपके लिए शुभ कलर रहेगा नीला शुभ अंक रहेगा दो और आज भाग्य का प्रतिशत रहेगा सत्तासी प्रतिशत हमारी अगली राशि आती है जो है जेमिनी अर्थात मिथुन राशि देखिए मिथुन राशि के जातकों आज आप परिवार के साथ किसी काम में व्यस्त रहेंगे ऑफिस में आज आपको कोई बहुत बड़ा काम निपटाने की जिम्मेदारी मिलेगी जिसको समय से पूरा आप लोग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कोई नया टास्क आज आप लोग प्राप्त कर सकते हैं आज आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल करने की सितारे सलाह दे रहे हैं अन्यथा कोई बना बनाया काम आज आपका बिगड़ सकता है साथ ही साथ आज, आज आपको कामकाज की व्यस्तता में अपने खान पान का बहुत ज्यादा ध्यान देने की सितारे सलाह दे रहे हैं आपकी सेहत पर प्रतिकूलमंदों की सहायता करिएगा पारिवारिक जीवन सुखद बना रहेगा उपाय के तौर पर आज आप लोग कर क्या सकते हैं तो देखिए आज दुर्गा सप्तशती के तृतीय अध्याय का आप लोग पाठ करिए आपके लिए शुभ कलर रहेगा ये रहेगा लाइट ग्रीन शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा छह और आज जो का प्रतिशत रहेगा यह आपके लिए रहेगा छाछ प्रतिशत कर्क राशि की ओर बढ़ते हैं कर्क राशि के जातकों देखिए आज का दिन बेहतरीन रहने वाला है कामकाज निपटाने के लिए आज आपको कुछ नए तरीके तौर तरीके मिलेंगे साथ ही साथ दोस्तों के साथ रिश्तों में आप अपने जीवन साथी से कह सकते हैं तली घुनी हुई चीजों से खाने से आज आपको बचने के सितारे सलाह दे रहे हैं आज कार्य क्षेत्र में आपके कार्यो की अधिकता थोड़ी ज्यादा बनी रहेगी भौतिक सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी और आज वाहन पूर्वक चलाने के के के सितारे सलाह दे रहे हैं उपाय तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए आज आज आप लोग दुर्गा दुर्गा चालीसा का का पाठ करिए साथ साथ ही साथ दुर्गा जी के नामों का भी आपको जाप करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा वाइट शुभ अंग रहेगा सात और भाग्य का प्रतिशत रहेगा बहत्तर सिंह राशि की ओर चलते हमारी अगली राशि आती है तो लियो सिंहराश के जात को आज आपका दिन अच्छा रहेगा किसी जरूरी कामकाज को आज आप लोग निपटाने में सफल होंगे आज आप अपने आसपास के लोगों के साथ उधार रहेंगे साथ ही साथ जो लोग केमिस्ट्री से संबंधित जो लोग केमिस्ट्री इससे रिलेटेड प्रयोगशाला लेबोरेटरी से रिलेटेड काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा आज का दिन रहने वाला है आज आपको अपने मेहनत के बल पर सफलता प्राप्त होगी साथ ही साथ अपने व्यापार को नई गति देने के लिए आज आप कोई नई योजना बना सकते हैं लव मेट्स के लिए आज का दिन बेहतरीन रहेगा साथ ही साथ आप लोग कहीं वीकेंड पर घूमने के लिए बाहर जा सकते हैं आज आपके कार्यो में आपको जीवन साथी का आपके सहयोग प्राप्त होगा उपाय के तौर पर सिंह राशि के जातकों को करना क्या रहेगा तो मीठा चावल बना करके आज आप लोग गाय माता को खिलाई इससे आपको धन लाभ होगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा यह रहेगा रेड, शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा छह और भाग्य का प्रतिशत रहेगा ये रहेगा सतहत्तर प्रतिशत कन्या राशि की ओर चलते हैं तो देखिए कन्या राशि के जो जातक कला के क्षेत्र में हैं इनको आज शानदार रुचि इनको देखने को मिलेगी और शानदार सफलता प्राप्त होगी आज आपका दिन शानदार रहेगा परिवार में खुशियों का माहौल अच्छा रहेगा दोस्तों के साथ वीकेंड पर कहीं ट्रिप पर जाने का आप लोग प्लान बना सकते हैं अचानक धन लाभ होने के योग बन रहे हैं किसी जरूरी काम में थोड़ी सी मेहनत करने पर आज, आज आपको अधिक सफलता मिल जाएगी लवमेट्स के लिए आज का दिन फेवरेबल रहने वाला है और जो लोग वेब डिजाइनिंग का काम करते हैं उनके लिए भी आज का दिन बढ़िया रहेगा पढ़ाई के मामले में आज दोस्तों से आपको कुछ अच्छी प्रेरणा प्राप्त होगी उपाय के तौर पर तो आज आप लोग गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करिएगा नीला रंग आपके लिए शुभ रहेगा अंक 4 आपके लिए जो है बहुत लकी नंबर रहेगा भाग्य का प्रतिशत रहेगा छछठ अगली राशि की ओर बढ़ते हमारी अगली राशि आती आती है तुला राशि देखिए लिब्रा तुला राशि के जात को आज आपको किसी भी गलत फहमी से के शिकार होने से बचना होगा साथ ही साथ दिन तो ठीक रहेगा ऑफिस में सहकर्मियों का आज आपको सहयोग प्राप्त होगा आज आप किसी सामाजिक आयोजन का हिस्सा बनते हुए दिखाई दे रहे हैं साथ ही साथ यदि वाहन क्रय करने की इच्छा है तो निश्चित रूप से आज कोई वाहन क्रय करते हुए आप लोग दिखाई पड़ रहे हैं दांपत्य जीवन में संबंधों में चली आ रही अनबन आज समाप्त होगी अगर आज आपका कपड़ों का व्यापार है तो रोज की अपेक्षा आज आपको मुनाफा अधिक होगा जो लोग अविवाहित हैं इनको कोई करीब का रिश्तेदार आज शादी की बात जरूर चलाएगा उपाय के तौर पर करना क्या है तो छोटी कन्याओं को आज आप लोग भोजन कराइएगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा वाइट शुभ अंक आपके लिए रहेगा दो और भाग्य का प्रतिशत रहेगा ये रहेगा इक्यासी स्कॉर्पियो की ओर चलते हैं वृश्चिक राशि की ओर चलते हैं हमारी राशि चक्र की अगली राशि आती है देखिए वृश्चिक राशि के जात को आज शिक्षा के क्षेत्र में आपको नो डाउट बहुत ही अच्छी उन्नति मिलेगी साथ ही साथ किसी दूसरे का उत्साह देख के आज आप लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित रहेंगे माता पिता के साथ संबंधों में मजबूती आएगी कोई बड़ा ऑफर मिलने से धन लाभ होने की उम्मीद है आज आपका दांपत्य जीवन खुशियों से भरा रहेगा जो लोग जो है जो जातक लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं उनको आज आ, क्या कहते हैं बहुत अच्छी सफलता हासिल होगी किसी जज के साथ किसी वकील के साथ आज, आज आप लोगों को काम करने का मौका मिल सकता है जो लव मेट्स है ये एक दूसरे की आज भावनाओं का कदर करेंगे साथ ही साथ आज, आज आपके परिवार में किसी मेहमान का आगमन हो सकता है मंदिर में शहद की शीशी का दान दीजिए दुर्गा सप्शती का तृतीय अध्याय पढ़िए आपके रुके हुए कार्य निश्चित रूप से सफल शुभ कलर आपके लिए रहेगा यह रहेगा ऑरेंज शुभ अंक आपके लिए रहेगा दम पर आज आप लोग हर काम में सफल होंगे कला या किसी रचनात्मक कार्य में रुझान बढ़ेगा साथ ही साथ आज आप अपनी सभी समस्याओं का हल आराम से ढूंढ सकते हैं आज आप कुछ समय मनोरंजन में बिताएंगे साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन जो है मधुरता से भरपूर रहेगा आज आज आज आप लोग पढ़ाई करिएगा भाग्य आपको कई देता हुआ दिखाई दे रहा है और जाते समय चलाइएगा बड़ों का आशीर्वाद लेकर के निकलिएगा साथ ही साथ आज गाय को मिश्री और रोटी आप लोग जरूर खिलाईगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा क्रीम कलर शुभ अंक आपके लिए रहेगा दो और भाग्य का प्रतिशत रहेगा यह रहेगा सेवन कैप्टिकॉन की ओर चलते हों अपनी अगली राशि हमारी मकर राशि आती है देखिए मकर राशि के जात को आज आपके मन में नए नए विचार उपज सकते हैं और इन विचारों को आज आप लोग अमली जामा पहना सकते हैं दिन आपका अच्छा रहेगा और आज आप परिवार के साथ शॉपिंग करने बाहर जा सकते हैं साथ ही साथ संगीत के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आज आपको तरक्की के कई नए मामले जो है नजर आते दिखाई दे रहे हैं व्यवसाय के सिलसिले में आज आपको विदेश यात्रा करनी पड़ सकती है परिवार में आपके गुणों की प्रशंसा होगी जिससे मन आज आपका पसंद रहेगा आज आप अपनी कोई बात दोस्तों से शेयर कर सकते हैं साथ ही साथ आज आपको आगे बढ़ने के लिए कई नई योजनाएं बनानी पड़ सकती है रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे उपाय के तौर पर आज करना क्या रहेगा तो लक्ष्मी जी के मंदिर में सुगंधित वस्तुओं का आज आपको दान देना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा ब्राउन शुभ अंक आपके लिए रहेगा चार और भाग्य का प्रतिशत रहेगा ये रहेगा नाइन्टी अगली राशि सेकंड लास्ट राशि हमारी आती है यह आती है अर्थात कुंभ राशि कुंभ राशि के जातकों देखिए आज किसी लंबी दूरी के यात्राओं पर जा सकते हैं साथ ही साथ आज आपको अचानक धन लाभ होगा ऑफिस में किसी बड़े अधिकारी का सहयोग आज आपको प्राप्त हो सकता है व्यापारियों को आय के नए स्रोत मिलेंगे कोई काम मन मुताबिक पूरा होने से आज, आज आप लोग प्रसन्न रह सकते हैं साथ ही साथ आज आप लोगों की सेहत बनी रहेगी जीवन साथी के सहयोग से कोई नया काम शुरू करने का मन आप लोग बना सकते हैं आपके सोचे हुए सारे काम जल्द ही पूरे होंगे आज गायत्री मंत्र का जाप पूरे दिन करिएगा जिससे मन आज आपका प्रसन्न रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा ब्लैक शुभ अंक आपके लिए रहेगा सात और भाग्य का प्रतिशत रहेगा ये रहेगा हमारी अंतिम राशि आती है, ये आती है अच्छे मौके मिलेंगे साथ ही साथ आज आप लोग अपने स्वास्थ्य का भरपूर ध्यान दे सकते हैं और माता पिता के स्वास्थ्य का पूरा पूरा ध्यान रखिएगा पेपर वर्क पूरा ना होने से आज आपके कोई जरूरी काम बनते बनते रुक सकते हैं प्रॉपर्टी खरीदने का योग बन रहा है आज कोई नई प्रॉपर्टी क्रय करते हुए आप लोग दिखाई देते हैं साथ ही साथ धन में जो है जमीन में आज आप लोग जो है धन का निवेश कर सकते हैं घर में नन्हे मेहमान के आने का योग बन रहा है आज आध्यात्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी लवमेट्स एक दूसरे के साथ कहीं घूमने का प्लान बना सकते हैं उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो सवा किलो आज आप लोगों को चावल का दान धर्म स्थान पर देना रहेगा इससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा पीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा साथ साथ ही साथ आज भाग्य का प्रतिशत रहेगा ये रहेगा तिरसठ तो दर्शकों कैसा लगा हमारा ये राशिफल कमेंट के माध्यम से हमें अगत कराइए नए हैं तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं बगल में बना बेल आइकन दबा सकते हैं हर रविवार की बात इस रविवार भी रात्रि 10 से 11 बजे तक हम लाइव आ रहे हैं आप लोग हमसे जुड़ करके अपनी कुंडली का विश्लेषण वहां पर करवा सकते हैं दीजिए इजाजत मिलते हैं अपने नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार